आप सभी कहा तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ए की एक, एक नई भर्ती का प्रणाम है जिसको कि संशोधित किया गया है इसमें अर्ता संबंधी भी बात है जैसे किसी की अर्थता किसी पद के लिए न हो न हो फिर भी आपने आवेदन कर दिया हो और अगर वहां पे गलती से रिजल्ट आ गया था तो अब जो है उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट बदला गया है रिजल्ट बदलने या फिर रिजल्ट संशोधित होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं ओ एम सीट में कोई गड़बड़ी हुई हो त्रुटिपूर्ण ओ जांच हुई हो आहता संबंधी किसी भी तरह का विवाद हो भर्ती प्रोसेस में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो कई सारे रीजन हो सकते हैं और किसी भी दूसरी भर्ती का उदाहरण आप अपने भर्ती के लिए कभी उसको आप कंपेयर न करें हर भर्ती में उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं अलग अलग भर्ती भर्ती परीक्षा कराने वाले अलग अलग आयोग होते हैं बोर्ड अलग अलग होते हैं और उसमें अलग अलग जो चीज़ें होती हैं जैसे अर्था संबंधी चीज़ें हो गई या फिर उसमें ओ ऑनलाइन परीक्षा हो गई है ऑफलाइन परीक्षा हो गई है बहुत तरह की चीजें होती हैं आगे दिखाएंगे आपको डिटेल में न्यूज साथ ही साथ यहाँ पर नर्सिंग कॉलेजों में नई भर्ती शुरू एएनएम जूनियर असिस्टेंट दो लेखपाल सहित यूपी ट्रिपल एस की जितनी भी भर्तियाँ हैं सभी भर्तियों में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान हो साथ ही साथ पी में कॉमन कट ऑफ की मांग की जा रही है पीई में कॉमन कटाफ को लेकर के हमने एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया था अगर आपने ना देखा हो एन एम न्यू वैकेंसी के परिप्रेक्ष्य में आप वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा पीई की कॉमन कटाफ में सभी को फायदा होगा एक्सेप्ट सिवाय उन भर्तियों में जहां पर पंद्रह गुना से कम आवेदन आएंगे पदों के सापेक्ष जैसे एएनएम की नई भर्ती आती है इसको लेकर के पूरा हम विस्तृत आपको जानकारी दे चुके हैं अगर आप वो वीडियो सुन ली हो तो आपको यहाँ पर दोबारा से आपको चीज़ें बिल्कुल आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी एक बार फिर से आप सुन लीजिए मान लीजिए चार हज़ार वैकेंसी आती है इसका पंद्रह गुना करेंगे साठ और इतने आवेदन आएंगे नहीं आप सभी को पता है इस बार 18000 समथिंग आवेदन आए थे एएनएम एन बारह भर्ती में अगली बार कुछ थोड़े से और आवेदन अधिक आ सकते हैं 25000 30000 40000 50000 तक मान लीजिए आवेदन आ गए सपोज दैट जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं तब भी भी एक नंबर वालों को भी मौका मिल जाएगा फिर से लेकिन अगर यहीं पर कॉमन कटाव बनती है तो ए की नई भर्ती में अब मान लीजिए 30-35 नंबर तक का हो गया कट ऑफ चालीस या पचास परसेंट आईल अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 नंबर के आसपास तक तो कहीं ना कहीं उसके नीचे के नंबर वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे जो भी एएनएम बहने होंगी जो कि आने वाले नई सरकारी यूपी पी ट्रिपल एस से जो भर्ती आएगी पेट 2022 से ही आएगी तो उन भर्तियों में कहीं ना कहीं आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबिल होने से वंचित रह जाएंगे लेकिन बाकी की और जो दूसरी भर्तियाँ हैं जहाँ पर आवेदन काफ़ी ज़्यादा आते हैं पदों की सापेक्ष पदों की संख्या बहुत कम होती है वहां पर जो है कामन कटाव बनने से अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा सभी को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा यही वजह है कामन कटाव को लेकर के लगातार मुहिम चल रही है इसके पहले मेल भेजा गया था आज भी मेल भेजे जा रहे हैं इस भी पोस्ट भी कर सकते हैं साथ ही साथ आगे पाँच तारीख को ट्विटर कैंपेन भी किया जाएगा यहाँ पर जो दूसरी जो मांग है वेटिंग लिस्ट या सेकेंड लिस्ट को लेकर के ये बिल्कुल बहुत अच्छी मांग है और यूपी टी प्लिस के हर भर्ती में कुछ ना कुछ सीटें जो है खाली रह जा रही हैं और ये सीटें खाली रह जाने से किसी एक बेरोज़गार अभ्यर्थी का जो सपना साकार हो सकता है वो उस सिलेक्शन पाने से उन सीटों पर वंचित रह जाते हैं जहाँ पर हज़ारों लाखों अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर कुछ सीटें खाली छोड़ना कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं लगता है उन सीटों को भी भरा जाना चाहिए तो इन्हीं सब मांग को लेकर के प्रतीक्षा सूची और साथ में पीई टी कावन कटाव की मांग को लेकर के लगातार मुहिम चल रही है आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं आप किसी भी भर्ती से संबंधित हो जूनियर असिस्टेंट लेगपाल किसी भी भर्ती से अब यहाँ पर आगे बत, बात करेंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से यही भर्ती का परिणाम जो है बदला गया है इसमें पंद्रह अभ्यर्थी जो पहले सेलेक्टेड सेलेक्टेड थे वो बाहर हो गए हैं और इसमें बाईस नए अभ्यर्थियों का चयन हो गया है सिविल और मैकेनिकल शाखा के पंद्रह अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी निरस्त कृष्णि स्नातक के पदों सिविल मैकेनिकल के शामिल क्यों हुए एक विशेष चयन या सामान्य चयन परीक्षा दो के तहत ये भर्ती कराई गई थी और इसका जो परिणाम है कल सोमवार को संशोधित कर दिया गया सहायक अभियंता कृषि पद पर पूर्व में इंटरव्यू के लिए चयनित सिविल और मैकेनिकल शाखा के पंद्रह अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए कृषि शाखा के बाईस और अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है इसके पहले आए हुए परिणाम में सत्ताईस अभ्यर्थी सफल थे कुल अब संशोधित परिणाम में चौतीस अभ्यर्थी सफल है इन पदों के लिए अट्ठारह अक्टूबर को हो चुके साक्षात्कार में शामिल सिविल और मैकेनिकल शाखा के पंद्रह अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी निरस्त हो गया मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर अर्ता संबंधी सवाल हुआ था कि जब आप उसके लिए अर् नहीं थे आप एलिजिबल नहीं थे तो फिर आप इस भर्ती प्रोसेस में शामिल कैसे हुए थे या फिर उनका रिजल्ट कैसे यहाँ पर घोषित किया गया था परिणाम संशोधित होने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं इस भर्ती के विज्ञापन में क्रमांक 11 पर सहायक अभियंता कृषि पद की सेवा नियमावली अध्याचन में उल्लेखित भर्ती के स्रोत एवं अर्थाओं के अनुसार ये पद केवल कृषि स्नातक अभ्यर्थियों के लिए है साफ है की परिणाम बनाते समय आयोग ने विज्ञापन की पूरी तरह से अनदेखी की और सहायक अभियंता कृषि के लिए सिविल और मैकेनिकल या कृषि अभियंत्रण की समेकित मेरिट लिस्ट कुल सत्ताईस अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित कर दिया आयोग ने सोमवार को संशोधित परिणाम में केवल कृषि अभियंत्रण शाखा के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए चौंतीस अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया है जिसमें केवल कृषि अभियंत्रण शाखा के लिए पूर्व में सफल घोषित 12 अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं और इनका इंटरव्यू 18 अक्टूबर को हो चुका है संशोधित परिणाम में नए सफल बाईस अभ्यर्थी और उनके रोल नंबर यहाँ पर नीचे दिए गए हैं यहां पर परिणाम संशोधित होने के पीछे का कारण यह था कि जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनको भी यहाँ पर एलिजिबल मानते हुए यानी जो नियमावली जो नोटिफिकेशन थी लोक सेवा आयोग की उसकी अनदेखी करते हुए यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया था इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए 11 नर्सिंग कॉलेजों में दो पदों पर होगी भर्ती नर्सिंग कालेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ब्रजेश पाठक उप इसके पहले भी आप देखेंगे कि कई तरह के जो है के पद उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसकी सूचना हमने आप सभी को समय समय पर दी है प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में नौकरी की चा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है यूपी के 11 नर्सिंग कॉलेजों में भर्तियां हो रही हैं इसी क्रम में दो पदों पर संविदा के आधार पर शैक्षणिक संवर्ग में भर्ती की प्रोसेस शुरू कर दी गई है डिप्टी सी ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं नर्सिंग कॉलेजों में पद खाली होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है राजकीय नर्सिंग कॉलेज अंबेडकर नगर जालौर आजमगढ़ सहारनपुर बांदा व बायो में खाली पद भरे जाएंगे जबकि स्व राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शाहजहांपुर अयोध्या बस्ती बराइच व फिरोजाबाद हैं इन 11 संस्थानों में शैक्षणिक संवर्ग में 255 पदों पर भर्ती होगी संविदा के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो एक बार आप इसकी विस्तृत जो है नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अर्था संबंधी या किसी भी तरह की कोई भी चीजें आपको यहाँ पर उसमें बाद में आपको दिक्कत ना हो सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद ही आप आवेदन करें सैलरी और वेतन आदि अच्छे होते हैं आप सभी जानते हैं कि जो भी शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जाती है किसी भी विभाग में आप देखेंगे तो उन पर जो है वेतन और ग्रेड पे सब अच्छे होते हैं तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट्स थी आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहेंगी वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी जरूर कर लें धन्यवाद